हम रोज़ करने वाले वाई को जैसे मैंने डिस्काउंट पे अपने डाल दिया था एम, वो मैसेज कि अनाउंसमेंट चैनल पे कि आने वाली है वाई पे रोज़ वीडियो सो यार यू गेस्टेड राइट आज आ चुकी है वाई की रोज़ की वीडियो अब हमने इंड टाइटल देख के देख ही लिया तो या आपको पता ही होगा एंड पहले ही मैं बता दूँ वन के सब्सक्राइबर्स की पिछली वीडियो आ चुकी है थैंक यू गाइस भाई थैंक यू एंड वन के अब तो भाई बड़े यूट्यूबर बन गए अब थोड़े तो यस आज हम वाई पेम रोज़ करने बोल रहे हैं किचरी बारी बोलूँगा मैं तो यस And YPM, तो मतलब इसके एक मिलियन सब्सक्राइबर भी पता नहीं कैसे हुए आज हम करने चलो बिना टाइम वेस्ट में इतना आधा हुआ पार्ट का दिखाई दिया ये है पूरा ये दुबई जा रहे हैं मैं अगर बता दूं भाई पूरा व्लॉग तो दिखाई दिया इन्होंने कम से कम है ना एस्टिमेटेड तो या ये इतना बड़ा व्लॉग बनाने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद आगे वाला पार्ट दिखाओ ना जो भी ये जो वीडियोज हैं इनके क्लिप्स के बाद आगे वाला पार्ट ये दिखाओ ना लेकिन नहीं हमने तो स्टार्टिंग में बता देना सौरभ जोशी ब्लॉग तो मतलब थोड़ी सी छोटी सी क्लिप दिखाते हैं लेकिन ये तो एस्टिमेटेड पूरा मतलब आधा ब्लॉग दिखाई दे। मेरे को भी इसकी अनबॉक्सिंग करनी है इसमें से उनको मैं दूंगा तो इसको को डालना बैग इस में अभी ये है भाई मेरा प्रिंटर मेरे को इसे निकालने है। बहुत से प्रिंट आउट टिकट के होटल बुकिंग के विजा के ये आ रहा है आप नींद देखो कितनी बड़ी बड़ी है मैं मैं मैं दिन दिन दिन दिन से से नहीं नहीं नहीं सोया हूं। मतलब तीन दिन से मैं नहीं सोया मतलब स्ट्रेट और ये चौथा हो जाएगा कि मैं नहीं पूरा दिन आज मेरे को ट्रैवल करना है ना अरे यार नींद तो आएगी तुम मैं भी गाड़ियाँ चलाते रहते भाई ऐसे गाड़िया चलाते रहनी है भाई अपने ब्लॉग बनाते रहने भाई ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं होता भाई इसलिए तो नींद दिख रही है भाई तीन दिन से ये सिर्फ गाड़ियों पे गाड़ियाँ चला रहा है घूमी भी घूम ही जा रहा है इसलिए भाई तबीयत ख़राब हो रही है भाई तेरी इसलिए भाई घूम भी पे घूम ही जा बस यही करते रहना तुमने भाई बस घूमता जाएगा घूमता जाएगा उसके बाद भाई बोलेगा यार मेरे को बुखार चढ़ गए सो so, आई एम uh, मैं थोड़े महीनों के लिए क्विट कर रहा हूँ यूट्यूब को मैं वापस से बैग आऊँगा फिर वो चाहे से पत्नी साल के बाद बैक आए ये मतलब भाई कुछ भी चल रहा है ये मैं भी, यार कुछ भी चल रहा है अंकल तो गाड़ी में सो रहे हैं पीछे बैठ के क्या बात है अंकल जी नींद जमींदारी बहुत अगड़ी नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता यार बोलो की मेरी फ्लाइट है उठाओ भाई ये नहीं दिखाते में। भाई ये सब कुछ नहीं दिखाते सुबह के बज रहे हैं अभी तीन और ये है भाई मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रिप दो हजार बाईस का एंड बाई दो फाइनली भाई तुमने हेलो तो बोला कम से कम ऑडियंस को भाई इतनी देर से ये क्या कर रहा था भाई एक मिनट दो मिनट से भाई बार बार पहले भाई सारा कुछ ही दिखा दिया अब वेल कर रहा है हाउ इज वेल वेल वेल भाई तू वेल है क्या तू वेल है तू क्या वो मछली है क्या वेल भाई यार मतलब कुछ भी कुछ भी मतलब वेल व्हील कौन सा इंटर होता है पहले ये बताओ कौन सा वेल कौन सा इंट्रो होता है मेरे को बहुत गुस्सा चढ़ गया एकदम से पता नहीं कैसे गुस्सा चढ़ गया बट एंड पता नहीं ये वेल इतनी देर बाद क्यों बोला इससे ऑडियंस को हेलो की बोला पता नहीं क्यों क्योंकि इसको याद ही नहीं गया था एंड इसको याद आया इसने बोला या चलो छोड़ देते है अब ये पहले दुबई गया होगा फिर इंडिया में वापिस आया होगा फिर इसने इंट्रो शूट किया होगा एडिटिंग में लगाई हुईगी ये वीडियो फिर जाके हुआ होगा मेरे को यही लग रहा है कैसे हो आप लोग और अंकल जी बहुत बढ़िया मेरे को अभी जाना है एयरपोर्ट और भाई कैसे कैसे दिन आ गए 11 बजे की फ्लाइट के लिए आपको 4 बजे पहुंचना पड़ेगा भाई ये थोड़ा ना तो 11 बजे की फ्लाइट थी तू 12 बजे पहुंचेगा भाई मैं जब गया था एक बार मैं गया था तो मेरे को सीरियसली सुबह के चार बजे उठना पड़ा था मेरी आई थिंक तो ग्यारह बारह बजे की फ्लाइट थी एंड सीरीसली मैं या तब व्लॉग तो था नहीं मेरे पास कुछ चैनल नहीं था मेरे पास तो तब मैं दुबई गया था एंड भाई मेरे को सीरियसली मेरे ख्याल से ग्यारह बारह की ही थी एंड मेरे को तैयार होना पड़ता था नहाना पड़ा था भाई तुम समझ सकते हो मैं मतलब जल्दी भी उठ सकता हूँ अगर छुट्टी होती मैं जल्दी उठ सकता हूँ अगर नहीं छुट्टी होती तो मैं या उठ नहीं सकता तब तो वैसे भी समर विकेशन्स थी तो या, मैं चले गया था एंड यस yes, हम एक हफ्ता लगा के बहुत मजा आया था लेकिन पक्का आएगा अगर मैं कहीं भी जाऊँगा पक्का एंड यस yes, अभी बढ़ते हैं दूसरी वीडियो की तरफ पता नहीं कितना, कितना फ्रीन से देखना पड़ेगा एयरपोर्ट तो अभी बस निकलने वाले हैं मैं और अंकल जी एयरपोर्ट के लिए कहाँ जा रहा हूँ पूरी बात करते हैं रास्ते में सहूलियत का और ये देखो इसको मिस करने वाला हूँ बहुत ज्यादा पूरी ट्रिप पे बट कोई बात नहीं जहाँ जा रहा हूँ वहां तो भाई मतलब तो इसका पूरा भंडार दिखने वाला है <laughs> चलो दिल्ली में ना भी जो नाइट कर्फ्यू चक्कर में बहुत सारी जो रोड है आपको बंद हो रखी हैं रोड है नाइट वो 11 से 5 के बीच में हाँ भैया तो इसलिए चक्कर में मतलब हमको जाना पड़ रहा है वो नहीं नहीं पकड़ पा रहे तो आज हम शॉर्टकट बट मीडियम भी आ जाता है बट अब ये देखो ये इतनी ढीली है तो कोई कमेंट मत करना की भाई ये ऐसी है ऐसी है, मैं पहली बता के चल रहा हूँ सो आईव रीच द एयरपोर्ट और यहाँ से को पहले कराना है जो कि एक तरह से मतलब छ घंटे पहले आपको, आपको डिपा करके उसके बाद में आपको वो अलाउ करेंगे थोड़ा सा मतलब सांस ले लें भाई कोई को बोल नहीं रहा कि बार बार बोलते रहे लेकिन ज़्यादा हेल्थ अपनी जरूरी होती है भाई तू तो भाई सांस ही नहीं ले रहा भाई ये चल क्या रहा है मतलब भाई सांस ही नहीं ये क्या कर रहा है भाई सांस ले ले भाई आराम से भाई इतना ज़्यादा कोई भाई तेरी फटफट -फट नहीं बोलना तूने इस बोल लॉग में थोड़ा सा सौरभ जैसी देख लो वो मतलब थोड़ा सा ऐसे वो सांस ले ले कर बोलते हैं ये तेरी जल्दी जुल्दी नहीं बोलते भाई थोड़ा सा सांस ले भाई बस भाई खाना हमने खा नहीं ये था क्या ये था क्या ये है क्या ये था क्या मतलब भाई आप क्या सॉस के ऊपर दूध भी लेते हो जो उस पे सोया सॉस मिलाई हुई होगी नूडल्स के अंदर उसके ऊपर चाय भी लिया आपने चाय में दूध डाला जाता है भाई मतलब इन्होंने वेट करके थोड़ी सी खाई हुई लेकिन बाद में भाई उल्टियाँ हो जाएंगी अभी तेरे को एयरपोर्ट पर भाई मैंने एक बारी ऐसा दही खाना चाहिए भाई ये पता नहीं क्या क्या है ये भाई बहुत अजीब सा लग रहा है यार सीरियसली ऐसे कौन खाता है यार ऐसे नहीं खाना चाहिए ऐसे ना खा लेना ऐसे मतलब बर्गर के ऊपर दूध पी लेना सीधे ऐसे अच्छी अच्छा नहीं लगता और उल्टिया बहुत होती है पहले तो बहुत ज्यादा उपयोग करते हो आप तो हाँ सावधान रहे सतर रहे एंड वाई को ना देखे यार यहाँ पे मैंने रेपिड टेस्ट तो अपना करवा लिया है पर इतना गलत सीन है यहाँ पे की मैं क्या बताऊ उनतीस सौ रुपये का रैपिड टेस्ट है इन्होंने क्या करा मेरे इन्वॉइस में 2500 रुपए का लिख दिया कि उन्होंने पच्चीस इन्हों सौ रुपये पे करा क्योंकि उनतीस सौ रुपए लिए हैं और उन्होंने लिख कि ड्यू 400 रुपए हैं। एंड उसके बाद में इतना ज्यादा हैसल हुआ जो स्टाफ है की स्कैम है या मतलब ये नींद में थे अंकल जी कह रहे हैं नींद में थे लेकिन अंकल एक बात होता अगर एक को ऐसे स्कैम कर रहे हैं चार सौ चार सौ अगर दस बंदों को भी कर देते हैं तो चार हजार रुपये अपने जेब में कर रहे हैं क्योंकि अच्छी बात नहीं बारे में इतने ज्यादा पता नहीं है बट आई थिंक सो की एयरपोर्ट पर पैसे लगते होंगे जैसे इन्होंने 4, 000, but इन्होंने बोला वो 5, भी ले सकते गलती से भी ले सकते हैं स्कैम भी हो सकता है या वो वो कुछ और भी कुछ और नींद में भी हो सकते हैं मतलब आई थिंक सो कि आई थिंक सो फाइव थाउजेंड उनके मतलब वो थे वो था प्राइस कि अगर आपने रेपिड मतलब रैपिड टेस्ट करवाने के लिए सो यस मेरे को इतना ज़्यादा पता नहीं है तो मैंने अपना ओपिनियन बता दिया लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ जो मेरे मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ बहुत अच्छी चीज़ है उसका नाम है रेस कॉफ़ी एंड बड़ी अच्छी कॉफ़ी है मेरे पास बड़े हैं इसके फ्लेवर्स बट मैंने तो आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज मेरा फेस रिवील एंड मेरा घर रिवील ना हो जाए एंड ये आज क्या मतलब स्पॉन्सर नहीं है लेकिन द्रेस कॉफ़ी मैं बता रहा हूँ बहुत इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप मंगवा सकते हो बहुत अच्छी कॉफ़ी अगर आप यूट्यूबर हो आपको रात रात तक जागना पड़ता है कॉफ़ी बट आपको ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए कॉफ़ी मैं मतलब मेरा है मैंने सुना है कि हो जाता है एडिक्शन थोड़ा तो अगर तीन तेज कॉफ़ी पीते हो दिन में तो यस ये सिर्फ एक बारी पीनी चाहिए बिकॉज या, या मैं भी एक बारी ही पी पीऊँगा तो यस ये बड़ी अच्छी कॉफ़ी है इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो एंडो अब चल लो अंकल बाहर कभी बोलता हूँ ना अंकल बाहर चल लो मेरे साथ कहते हैं वही छोड़ के आ जाओगे आगी रिपोर्ट। ओके भैया। बस अंकल हाथ भी बहुत ज्यादा तेज है तू उड़ उड़ेगा भाई आराम से बहुत ज्यादा आराम से भाई उड़ जा एकदम थैंक यू गॉर वॉचिंग दिसमेंडिटिंग ज्यादा थी एंड ये yes, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड यस सब्सक्राइब जरूर करके जाना लाइक दिस वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी हंसी आई एंड अगर आपको पसंद आई तो लाइक कर देना कमेंट कर देना मतलब तो सारा कुछ कर देना भाई एंड यस शेयर कर देना आधा आधा तो यस yes, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड तब तक ले बाय बाय